नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ वृश्चिक राशि के जात को प्रेम राशिफल 2020 मतलब साल 2020 प्रेम के मामलों में आपके लिए कैसा रहेगा हमारी चर्चा का आज ये विषय रहेगा साथ ही साथ दर्शकों अपने प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने के लिए तथा अपने प्रेम संबंधों में सफल होने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम जो उपाय होंगे अपने चैनल के माध्यम से एक कर्तव्यनिष्ठ एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम आपको बताने की भरसप प्रयास करेंगे हर संभव कोशिश करेंगे तो अधिक समय ना लेते हुए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ इस चैनल पर कोई फालतू की बातें नहीं होती हैं तो वृश्चिक राशि के जात को प्रेम राशिफल 2020 के मामलों में ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने के संकेत दे रहा है विशेषकर वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफ़ी रोमांटिक कही जा सकती है आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर इस वर्ष काफ़ी उत्साहित रह सकते हैं अपनी लव लाइफ में एक ताजगी एक संजीदगी का अनुभव कर सकते हैं कारण गुरु के प्रभाव से इस वर्ष आपके लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं जो लोग बहुत लंबे समय से अविवाहित थे सिंगल थे तो अविवाहित जातक अपने प्यार का इजहार किसी के समर्थ कर सकते हैं और उन्हें वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और उन्हीं के द्वारा मतलब प्रेम विवाह होने के प्रबल योग हैं लेकिन कहते हैं कि प्यार करना आसान नहीं होता उसे निभाना तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है तो ऐसे ही इसे आग का दरिया देखिए दर्शकों नहीं कहा जाता है वर्ष के उत्तरार्थ में आपको भी प्यार के इम्तिहान से हो सकता है कि गुजरना पड़े इस वर्ष में जो है 30 मार्च को गुरु राशि परिवर्तन करके शनि के साथ मकर राशि में होंगे यहाँ पर जुपीटर नीचे हो जाएंगे नीचभंग राजयोग बनाएंगे गुरु आपकी राशि से पंचम और धन भाव के स्वामी हैं शनि के साथ विराजमान होने से ये आपकी राशि से पराक्रम स्थान में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण जो आपकी रोमांटिक लाइफ या लव लाइफ है तो आपके जो पार्टनर रहेंगे थोड़ा सा कुछ खिन्न हो सकते हैं कुछ आपके ऊपर शक सक हो सकता है विवाहित जातकों को जीवन साथी का सहयोग हालांकि प्राप्त होगा प्रेम प्रसंगों में भी सुख मिलेगा प्रेम विवाह के योग आपके लिए रहेंगे और अच्छे योग रहेंगे यदि आपके घर परिवार में एक दूसरे लोग मानते नहीं हैं जो है शादी के लिए विवाह के रिश्ते के लिए तो आप उनको मना पाने में बहुत हद तक की सफल रहेंगे मई के मध्य तक आते आते शनि और गुरु दोनों वक्री हो चुकेगे देखिए इस साल जुपिटर बहुत तेज स्थिति से मूव कर रहे हैं तो इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको अपनी पर्सनल लाइफ में देखने को मिल सकता है भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए रखें हर तरह की जो है परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखिएगा जैसे ही 30 जून को देवगुरु बृहस्पति वापस धनु राशि में चले जाएंगे तो इसके पश्चात आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी वह मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे सितंबर में एक और जहां गुरु व शनि के मार्गी होने से आप लव लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव और एक पॉजिटिविटी देखेंगे वहीं दूसरी ओर इसी माह उत्तरार्ध में तेईस सितंबर जी हां साल का बहुत बड़ा ट्रांजिट होगा राहू एंड केतु जो आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे जो कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट के संकेत कर रहा है इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का विषय रह सकता है विशेषकर जिन लोगों को नया नया रिश्ता इस समय जुड़ा हुआ है उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है आपके लिए यहाँ पर सलाह देते हैं कि अपने जीवन साथी पर विश्वास बना करके आपको रखना रहेगा बाकी वर्ष का जो है बाकी समय आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए अच्छा कहा जा सकता है कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम राशिफल 2020 एक नई उमंग एक नया उत्साह एक नई चेतना एक नए जीवन की शुरुआत के संकेत कर रहा है वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों को एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि कैरियर राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है इकोनॉमिकल अर्थ आर्थिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है मूलांक के आधार पर भी राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है भागीरथ श्रृंखला भविष्यवाड़िया जो हम करते हैं सारी चीजें हमारे चैनल पर पड़ चुकी है आप लोग जा करके बस इसको देखिए कि जो है फिर देखिए कितना जो है अच्छा लगेगा उपाय पर आ जाते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को उपाय क्या करना होगा देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को चूँकि चंद्रमा इस राशि में नीच के होते हैं तो फुल मून पूर्णिमा को आप लोग पकड़िए पूर्णिमा का आप लोग उपवास करिए कोशिश कीजिए फुल मून वाले दिन आपके ब्लड में नमक नहीं घुलना चाहिए चाहे ब्लैक सॉल्ट हो चाहे वाइट सॉल्ट हो चाहे रॉक सॉल्ट हो कोई भी नमक नहीं लेना है ना सनसेट ना जो है सनराइज़ ये सब आपको ध्यान रखना है पूर्णिमा मतलब चौबीस घंटे बिल्कुल प्योर आपको रहना है हाँ आप खा सकते हैं आप अनाज भी ले सकते हैं लेकिन नमक का सेवन मत करिएगा आप दूध रोटी ले सकते हैं चावल दूध ले सकते हैं दही चावल खा सकते हैं फल फ्रूट जूस ड्राई फ्रूट बहुत चीज़ें बनी हैं इसको आप लोग खाइए दूसरा एक ट्यूब बताएंगे कि महीने में कम से कम दो शुक्रवार को करिएगा एक कृष्ण पक्ष के शुक्रवार को और एक शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको करना क्या रहेगा एक नारियल लेना रहेगा और उस नारियल पर अपनी हाइट के बराबर एक मौली आती है मौली मतलब होता है कलावा जो हाथ में बांधा जाता है आप लोग देख सकते हैं तो ये जो कलावा होता है अपनी हाइट के बराबर लीजिए और उस नारियल पर अपनी इच्छा बोलते हुए लपेट दीजिए और जाइए शिव मंदिर में चुपचाप उसको आप लोग चढ़ा करके चले आइए कुछ आपको नहीं करना है देखिएगा कितने अच्छे आपको रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे साथ ही साथ दर्शकों मंथ में मतलब माह में एक बार शुक्रवार वाले दिन गौरी जी को एक मीठा पान आपको चढ़ाना रहेगा तांबुल बहुत प्रसन्न होती है गौरी जी अगर आप पान चढ़ाते हैं तो तो ये प्रयोग करिए आप लोगों को अच्छा लगेगा कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो हमारे इस ऐतिहासिक चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बगल में बना बेल आइकन दबाइए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त वृश्चिक के जात को मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार